हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बीस्ट एग्जाम टारगेट में आज हम लेकर आए हैं कोयला उत्पादक प्रमुख देशों के नाम को याद करने की ट्रिक तो फ्रेंड्स वो ट्रिक है सी यू बी सी यू बी ट्रिक है और जो सी से हो जाएगा वो हो जाएगा चीन तो फ्रेंड्स यहां पे गलत लिख गया है होगा चीन और यू से हो जाएगा यू और बी सी हो जाएगा भारत तो फ्रेंड्स ये थी कोयला उत्पादक जो प्रमुख देश हैं उनको याद करने की ट्रिक तो फ्रेंड्स ऐसी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बेलाइकन को ऑन कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में